आप एक पत्थर लीजिए और उसे एक कुत्ते को मारिए आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा और अब आप वही पत्थर लीजिए और उसे मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए फिर आप देखिए कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं पत्थर भी वही है और आप भी वही हैं क्योंकि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियां समूह में है एकजुटता और एकता में ही सख्ती है आज की इन सभी बातों का निचोड़ सिर्फ एक ही है कि हमें सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए क्योंकि जब भी हम एकजुट होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और एकजुट रहने से ही हमारा देश बदलेगा हम बदलेंगे और हमारा समाज बदलेगा